हल्के हल्के से हसी साफ है इशारा भी नहीं जा भी ले गए जान से मरा भी नहीं तुम्हारी तरफ से इशारे हुए हैं तो लो भी पसारे हुए तुम्हारी तरफ इशारे हुए हैं तो लोबा है हम भी पसारे हुए हैं तुम्हारी तरफ है अभी तक चनक में सहारे थे हमें तुम अभी तक चनक में सहारे थे हमें तुम अभी तक चणक में सहारे थे हमें अब एक दूजे के सहारे हुए हैं तो लो बाह हम भी पसारे हुए तुम्हारी तरफ से इशारे हुए हैं तो लोबा है हम भी पसारे हुए तुम्हारी तरफ तो लोबा है हम तो लो भी पसारे हुए हुए हमारे हुए तुम अपनी खुशी से हमारे हुए तुम अपनी खुशी से हमारे हुए तुम अपनी खुशी से हम भी अपनी खुशी से तुम्हारे हुए हैं जो तो लोग हैं हमी पता रहे हुए तुम्हारी तरफ से इशारे हुए हैं तो लोग हम भी हुए हैं मेरे साथ जब से चलने लगे हो मेरे साथ जब से चलने लगे हो मेरे साथ जब से चलने लगे हो बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत नजारे हुए हैं तो लोबा है हम भी असारे हुए हैं तुम्हारी तरफ से इशारे हुए हम पसरे हुए हैं, संभाला है पतवार हाथों से तुमने, संभाला है पतवार हाथों से तुमने संभाला है पतवार हाथों से तुमने संभाला है पतवार हाथों से तुमने तो हम भी भंवरे से तो हम भी बांवरे से किनारे हुए हैं तो लोबा है हम भी पसारे हुए हैं तरफ से इशारे हुए हैं तो लो हम भी पसारे हुए हैं तो लो हम भी पसारे हुए